नमस्कार दोस्तों ऑनलाइन पीएफ कैसे बैलेंस चेक करते हैं चलिए मैं आपको डेमो दिखा के पूरा पाई, पाई टू पाई मैं आपको समझाएंगे और दिखाएंगे तो वीडियो को नाक स्क्रिप करते हुए आप देखिए सबसे पहले गूगल में जाइएगा गूगल में जाके पासबुक पासबुक पासबुक दीजिए, के बाद यहां पे लिखा है मेंबर क्लेम स्टेटस, इसमें आप क्लिक कीजिए, इसमें इसमें क्लिक करने बाद आप इसमें क्लिक करने करने के के बाद बाद आप आप आपका जो यूएन नंबर यानी कि पीएफ नंबर आप इसमें डालिएगा पीएफ नंबर डाल दीजिए इसमें उसके उसके बाद बाद आपका पासवर्ड डाल दीजिए, आप कैप्चर कोड डाल दीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा प्लीज नेवर र उसके बाद आपका आई डी डाल दीजिए ना पासबुक ओल्ड पासबुक पे क्लिक कीजिए करने के बाद देखिए आपका पीएफ का बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा और एक बात है आप कौन से महीने महीने आपका पैसा डाला गया है आप वो भी चेक कर सकते हैं देखिए जो मेरा है पैसा डाला गया नवम्बर दो हजार इक्कीस देखिए दोस्तों मेरा तीन रुपया भरा डाला गया है और कंपनी की तरफ से 112 सौ रुपया दिया गया है और जो मेरा पेंशन है 255 रुपए दिया गया है ऐसे देख सकते हैं आप। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए आपके लिए वे वे बेस्ट लाख